बेरी बेरी बना है दोहरे में बसे राइटर चंदन के हो पारू रज कहे अपन देवेश डबलुआ अभी करे हमसे प्यार दिखाते